एगो अंगूठी पहला से अगर तू हो हमरा हाथ से पहले अंगूठी तब तू ता हमार हो जेबू ना, ना, ना, ना धरती पर हमारा सिवाय तू के नहीं सका ना होगा जब हम के के राम जी दिल तुम बनौला ऊपर से फिर के कहानी कितना दीवाना मरले कितने दीवानी नेहैया के बंधन का है जोड़ के तू तुल सत्य जिंदगी में जिंदगी में कहे लग झूठ के राम जी दिल तू बनौला से प्रीत के एक बार चाहूंगा धरती पर हमारा सिवाय तू के और नहीं को हो सका ना होगा हम, हम के मौका वो